अरे भाई साहब इतना कहां सा भागने का भी मौका नहीं भाई साहब सब तो ले हैं यहां से कितना प्रकट हो गए गेमिंग वो ऐसा भाई साहब बहुत सब यहां पर देख सकते हो लाइक कीजिए प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल को अरे हटना भाई हटना अरे तू कहेगा तलवार से खड़ा है अब लड़ता हूँ अभी कॉमेंट मर जाएगा भाई सब्सक्राइब कमेंट भाई साहब छोड़ ना वे वे कहां मारता है वे हमको जाने का रास्ता देने ओ भाई कहां फंस गया